आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है सिंगरौली में कलेक्टर और एसपी सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले और लोगों को जागरूक किया सिंगरौली में कलेक्टर परिसर से कलेक्टर राजीव रंजन मीणा व पुलिस अधीक्षक वीरन कुमार सिंह अपर कलेक्टर डीपी पी नगर निगम कमिश्नर आर सिंह तिरंगा थामे सड़कों पर निकले तेरह से पंद्रह अगस्त तक घर घर झंडा हर घर झंडा अभियान को लेकर पूरा सिंगरौली जोश में नजर आया कहीं अधिकारी सड़क पर थे तो कहीं वाहन रैली अधिकारी दो दो लोगों की कतार में लाइन लगाकर व अपने अपने वाहनों में तिरंगा ध्वज लगाकर जिले भर में घूमे सभी प्रशासनिक अधिकारियों एसडीएम ऋषि पवार एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सीएसपी देवेश पाठक सहित पुलिस व प्रशासनिक अमला अपने अपने वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाकर घूमता नजर आया इस दौरान हर जगह भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय सुनाई दिया